हाई एवरी वन वेलकम बैक टू माई चैनल सो आज मैं आप लोकेसन शेयर करने वाली हूँ मैं अपना खुद का आईब्रोज कैसे थ्रेड करती हूँ मैं पार्लर नहीं जाती हूँ मैं खुद ही करती हूँ सोलेस वॉर्च द वीट्यू गाइस सो ये मेरा फुल ग्रोथ है एक्चुअली ये पूरे वन मंथ से थोड़ा ज़्यादा हो गया है सो so, बहुत ज़्यादा ग्रोथ है सो so, मैंने यहाँ पर पहले अपने आईब्रोज पर पाउडर लगा लिया है उसके बाद आपको थ्रेड को इस तरह से लेने हैं सो so, आप अपने हाथ का एक हाथ जैसा होता है ना उस उतना ही बड़ा ले लो उसके बाद फिर आपको इस तरह से उसको फोल्ड करने हैं दोनों जो उसका मुँह है थ्रेड का उसके बाद एक को आप इस तरह से उल्टे घुमा लो उसके बाद जो दूसरा उसका जो मुँह है उसको आपको सीधा लेना है सो so, वो क्या होगा ना आपका एक जैसे आ, बैलेंस बनता है आईब्रोज आप जैसे हेयर कट कर सकते हो सो उस टाइप का होगा उसके बाद आपको इस तरह से ऐसा फोल्ड करके आइब्रोस जो हेयर जैसे निकालते हो इजीली आप इसे ऐसे निकाल सकते हो सो आप देख रहे हो मैं इस तरह से अपना हेयर को निकाल रही हूँ ये बहुत ही इजी है बस आपको एक बार थ्रेड पकड़ने आ जाएगा उसके बाद आप इजीली अपने आईब्रोस खुद से आप कर सकते हो बस आपको पता होना चाहिए कि आपको आ, मतलब कितने हेयर रिमूव करने हैं और सेप कैसा रखना है ऐसा ना हो कि बस बिकॉज ऐसा होता है ना कि जब आप खुद का आईब्रोस खुद करते हो ना तो सेप को मतलब किस टाइप से रखना है और कितने हेयर रिमूव करने वो आपको पता नहीं चलता है सो so, वो आपको अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा और आपको आप देख रहे हो मैं इजीली इसे रिमूव कर बिकॉज मुझे आदत हो चुका है अब मैं खुद का ब्रोष में खुद ही करती हूँ सो so, यहाँ पे आपको बस धीरे धीरे वन बाय वन आपको हेयर रिमूव करने और आप देख रहे हो कि यहाँ पे रेड हो चुका है और मैं आ, मतलब अच्छे से कर ली हूँ जो नीचे का हो गया है अभी मैं ऊपर का कर रही हूँ तो ऊपर का भी सेम आपको इस तरह से दूसरे तरफ के हेयर जो है ना बस आप उसको आ, मतलब जो थ्रेड है आप उसको ऐसे पकड़ो और आपकी जो आ, राइट हैंड है बट उसे उसे ही जस्ट आप मूव करो और आप रीजिल ईजिली ऐसा रिमूव कर सकते हो अपना हेयर बस आप इसे दो से तीन बार प्रैक्टिस करो एंड यू कैन रिमूव वेरी इजीली बिकॉज समटाइम्स ऐसा होते है ना कि आ, आ, मतलब पार्लर नहीं जा पाते हैं या फिर आ, Uh, मतलब बहुत इमरजेंसी में नहीं हो लाइक खुद का आईब्रोज अगर आता तो आप कर सकते थे ये ईजीली uh, बहुत ही अच्छा से रिमूव हो जाता है एक्चुअली प्रॉपर पूरा जो होता है ना उस टाइप से आपका राइट साइड का हो जाता है बट लेफ्ट साइड का सही से उतना ज़्यादा नहीं हो पाता है तो मैं लेफ्ट साइड का थोड़ा बहुत जो बच जाता है मैं उसे ट्यूजर से निकालती हूँ सो इस तरह से मैंने अपना जो आईब्रोज का मैंने उसे बना लिया उसके बाद जो मिडल में हेयर होता है उसे बहुत ही ध्यान से निकालना है जिसके बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं है एक्चुअली ये हमारा जॉब है तो मुझे बहुत ही अच्छे तरह से आदत हो चुका है सो इसलिए आपको बहुत ही केयरफुली जब आप मिडल का हेयर रिमूव करते हो तो उस टाइप से आपको अच्छे से रिमूव करना है सो so, मैं यहाँ पे दूसरे टाइप राइट लेफ्ट साइड में अभी मैं कर रही हूँ मेरे राइट साइड का इबरज हो चुका है सो so, लेफ़्ट साइड में ना मुझे थोड़ा सा दिक्कत होता है बिकॉज uh, लेफ्ट हो जाता है वो सो so, मैं थोड़े थोड़े करके रिमूव कर पाती हूँ एक्चुअली uh, मैं यहाँ पे ट्विज़र यूज़ करूँगी बिकॉज जो ऊपर के हेयर है ना वो रिमूव नहीं हो पाता है थोड़ा बहुत रह जाता है मैं जितना अच्छे से राइट साइड का कर लेती हूँ मैं लेफ़्ट साइड का नहीं कर पाती इसी लिए मैं यहाँ पे ट्विज़र यूज़ करती हूँ इसके बाद मैं यहाँ पे ऊपर में भी सेम प्रोसेस है रिमूव करना है तो ऊपर में थ्रेड से हो जाता है बट नीचे थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है सो so, मैं यहाँ पे ट्वीज़र बट जो छोटे छोटे हेयर हैं मैं बस उसे रिमूव कर रही हूँ आफ्टर जो सेप होता है ना वो मुझे थ्रेड से ही बन पाता है बिकॉज जो एक आईब्रोज करते हैं ना उसका प्रॉपर सेप होना चाहिए जो स्ट्रेट दिखे मेरा आईब्रोज सो so, वो मुझे थ्रेड से ही मिलता है तो मैंने जो ट्वीज़र से रिमूव किया था उसके बाद मैं अभी थ्रेड से कर रही हूँ ताकि वो सीधा मेरा आईब्रोज आर्श दिखे सो so, मैं यहाँ पे थोड़ा सा भी थ्रेड से कर रही करी ताकि वो मेरा एक लाइन बन जाए सीधा बैलेंस दिखे आईब्रोज में उसके बाद मैं अभी बस क्लीन कर रही हूँ ये आईब्रोज हो चुका है बस थोड़ा थोड़ा क्लीन करने हैं और ये रहा मेरा कंप्लीट आईब्रोज सो so, कैसा लगा प्लीज़ गाइस बताना थैंक्स फॉर वॉचिंग